हेलो दोस्तों वालेकुम नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं ठीक होंगे पिछले वीडियो में हमने वृत्त त्रिभुज इन सभी के बारे में त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल परिधि फिर त्रिजखंड वृत्तखंड चाप की लंबाई इन सब के बारे में जिक्र कर चुके हैं सब के बारे में हम अलग अलग वीडियो बना चुके हैं आप लोग अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है आप देख सकते हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें आज हम बात करेंगे स्क्वायर यानी वर्ग और रेक्टेंगल के बारे में आयत के बारे में जैसे अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं स्क्वायर और वर्ग में क्या क्या फ़र्क है और क्या क्या जैसे ये देखिए ये क्या हुआ ये हो गया वर्ग वर्ग और ये हो गया स्क्वायर तो इन दोनों में फर्क क्या है दोस्तों बता सकते हैं आप लोग इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि इनकी चारों भुजाओं की लंबाई जैसे देख लीजिए कलर चेंज कर लेते हैं एक मिनट इन दोनों में फर्क ये है जैसे वर्ग में चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है बराबर समान बराबर होती है बस और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है जैसे इन दो ये दोनों भुजा बराबर होंगे और ये भुजा ये भुजा के बराबर होंगे ठीक है आमने सामने जैसे आपके सामने मैं और इसके सामने ये इस तरह का आमने-सामने का भुजा जिसमें बराबर हो वो वर्ग कहलाती है। आयत कहलाता है रेक्टेंगल और जिसमें चारों भुजा बराबर हो चारों साइड बराबर हो वो क्या कहलाता है वो वर्ग कहलाता है यानी स्क्वायर कहलाता है तो आज हम इसी दोनों के बारे में करें हाँ दोस्तों लेकिन एक बात ये है ऐसा और के साथ होता है जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे ऐसी दो और आकृति दो और शेप हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे लेकिन इसमें एक समांतर और होता है ये दोनों में कि इनके सभी कोण ये कोण है ना चारों कोण, ये 90 डिग्री होते हैं ठीक है दोस्तों इन दोनों का विकर्ण जो है वो हमेशा बराबर होता है ये याद रखिएगा इन दोनों में समानताएं क्या है तो पहला ये है कि इनका बिकर्न D डायमेंशन जो है ये हमेशा बराबर होता है और दूसरा इसका जो एंगल होता है एंगल कोण वो हमेशा क्या होता है बराबर होता है ठीक है और वो कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री होता है ये याद रखिएगा ठीक है दोस्तों अब हम इसके फॉर्मूला के बारे में जान जाते हैं थोड़ा सा इनके साइड के बारे में बता दिए ठीक है और विकर्ण के बारे में कोण के बारे में समान्यताएँ क्या है भिन्नताएं क्या है दोनों बता दिए यानी क्या दोनों इसमें सिमिलरिटी है और क्या नॉन सिमिलरिटी मतलब असमानताएं हैं ठीक है दोस्तों जैसे ये देखिए सबसे पहला समानता इसमें है कि इसका कौन देखिए ये कोण इसका भी चारों कोण और उसका भी चारों कौन कितना डिग्री होता है नाइन्टी डिग्री पहली समानता है ठीक है और दूसरी समानता ये है इसकी दूसरी समानता ये है कि इसका ये जो विकर्ण है ये आपस में बराबर होगा और इसका ये जो विकर्ण है ये दोनों आपस में बराबर होगा हाँ ये मत समझ लीजिएगा ये दोनों का विकर्ण आपस में बराबर होगा ऐसा हर्गिज नहीं है ये है कि इसका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा और इसका दोनों विकर्ण अपने आपस में बराबर होगा ठीक है दोस्तों अब हम इनकी परिधि के बारे में आपको बताते हैं और क्षेत्रफल में क्या अंतर है देख लीजिए क्षेत्रफल और परिधि क्या है ये जो यहां से लेके इस तरह मान लीजिए कोई खेत है उसको आप चारों तरफ से घेरिएगा या कोई कमरा है उसको चारों तरफ से घेरिएगा है ना ये ये इसका क्या कहलाएगा पेरी परिमाप कहलाएगा पेरीमीटर कहलाएगा ये यहां से यहाँ ये यहाँ से यहाँ इसका हो गया ठीक है दोस्तों और क्षेत्रफल क्या हो गया क्षेत्रफल एरिया इसके बीच में ये जो स्थान है ये जगह जो है ये बीच वाला जिसमें आपको मान लीजिए कुछ रखना हो कुछ भरना हो कुछ फिर पेंट करना हो कुछ लिखना हो ये जगह और इसकी ये पूरी जगह ये दोनों चारों लाइन के बीच की ये जगह ये जो बाहर लाइन जा रही है उसको मत लीजिएगा ये वाली लाइन ये पूरी जगह जो पेंट कर रहे हैं ये वाली इस जगह को क्या कहते हैं इसका क्षेत्रफल कहते हैं ठीक है दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे अब हम इसी के फॉर्मूला के बारे में क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समझ जाइएगा ये चारों के बीच का है और जब हम पैरीमीटर का बात करेंगे तो समझिएगा कि चारों के साइड का है मतलब साइड साइड को घेरने को पैरीमीटर कहते हैं ठीक है ये साइड को घेरने को पैरीमीटर कहते हैं और बीच को एरिया कहते हैं ठीक है तो अब हम चलिए फॉर्मूला पर चलते हैं जैसे यहाँ देख लीजिए एक मिनट देख लीजिए एक थोड़ा इसका जब हम चारों साइड का भुजा हम बोले अभी बराबर होता है इसको हम जब ए मान लेते हैं तो ये चारों ए हो जाएगा ठीक है इसका लंबाई को हम एल मानते हैं एल लेंथ और चौड़ाई को बी मानते हैं तो ये भी बी होगा ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इसका एल एल लंबाई हो गया उसका बी बी चौड़ाई हो गया उसका इसका ए ए चारों तरफ ले लीजिए तो ये क्या हो गया इसका भूजा हो गया साइड हो गया साइड जिसको भुजा बोलते हैं आप खाने वाला भुजा मत समझ लीजिएगा ठीक है तो अब हम देखते हैं आगे फॉर्मूला के बारे में जैसे देख लीजिए ये एक वर्ग है जो से वो वर्ग था ये इसका जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा इसका जो है इसका साइड इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया मात्र हो जाएगा ए स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा यानी इसको इससे गुना कर दीजिए इससे गुना कर दीजिए इससे गुना कर दीजिए कोई भी दो भुजा को या तो ये दोनों को या ये दोनों को या ये दोनों को या ये दोनों को कोई भी दो भूजा को गुना कर दीजिए उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा लेकिन इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसमें इसमें इसमें तो ये क्या होता है एल होता है और ये क्या होता है बी होता है ठीक है इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल हो जाएगा l गुना b, क्योंकि जिस तरह हम इसको इसको किए थे वैसे ये दोनों को कर दीजिए या ये दोनों को गुना कर दीजिए क्षेत्रफल निकल जाएगा सेम है कोई प्रोसेस नहीं है बस यहाँ भुजा का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि वहां दोनों बराबर होता है इसलिए स्क्वायर हो गया और यहाँ दोनों बराबर नहीं होता है इसलिए इसको अलग से हमको दोनों को गुना करना पड़ेगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई और वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर ठीक है अब देखते हैं इसकी पेरीमीटर परिमाप में क्या अंतर है दोनों के तो अब देख लीजिए कि परिमाप क्या है कि इसमें चार ठो ए है यानी चार भुजा है यहाँ भी A हो गया यहाँ भी A हो गया यहाँ भी A हो गया यहाँ भी ए हो गया ठीक है तो इसका चार गुना भूजा कर दीजिए फोर उसका परिमाप हो गया इसमें एक तो एल यहाँ है एक तो एल यहाँ है एक तो बी यहाँ है एक तो बी यहाँ है तो इसका क्या होगा जैसे इसको ये जोड़े ये जोड़े ये ए जोड़ ए जोड़ ए उसका क्या निकला था ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ ए बराबर हो गया चार ए है तो फोर ए हो गया उसकी भुजा, ठीक है उसी तरह इसका एल जोड़ एल जोड़ बी जोड़ बी कीजिए ना देखिए एक तरफ से देखिए एल जोड़ यहाँ शुरू करते हैं एल जोड़ बी जोड़ फिर L जोड़ B तो क्या हो गया 2L एल प्लस टू ठीक है 2L और 2B बी टू टू कॉमन ले लेंगे ले तो क्या होगा 2 इन टू प्लस बी ठीक है दोस्तों इसको फ्रेश में लिख देते हैं 2 कॉमन ले, ले लिए तो L प्लस बी और ये बंद कर दिए हो गया 2 इं टू एल प्लस बी ये हो गया इसका पैरीमीटर वो हो गया उसका पैरीमीटर तो इसका मतलब ये हो गया कि वर का पैरीमी चार भुजा और आयत का पैरीमीटर टू इंटू एल प्लस बीज टू इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ठीक है अब अगर हमको विकर्ण निकालना हो जैसे मान लीजिए इसका ये विकर्ण निकालना हो तब क्या हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए अब सॉरी हाँ जैसे इसका ये विकर्ण निकालना हो यह तब क्या होगा तो इसका विकर्ण हो जाएगा क्या क्या होगा दोस्तों रूट टू गुना भुजा क्या होगा जैसे यहाँ देखिए ना ये यहाँ से यहाँ है ठीक है अगर हम इसको a मानते हैं इसको a मानते हैं भुजा है ये साइड है ठीक है तो अब ये एक नब्बे का कौन बना रहा है तो ये h का, का काम करेगा ना विकर्ण तो इसको हम मान लेते हैं कि इसमें d है विकर्ण डायमेंशन ही मान लीजिए डायमेंशन बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए ना ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर या बी के स्क्वायर का रूट इक्वल टू a a जुटेगा तो टू ए, ए, ए, ए स्क्वायर हो जाएगा का रूट अब देख लीजिए a का रूट तो a बाहर निकल जाएगा लेकिन रूट 2 में रहेगा रूट टू गुना भूजा यानी a यही ना होगा पैथागोरस से जब नब्बे डिग्री है तो आगे का कर्ण हो जाएगा कर्ण वाला फार्मूला इसमें लगा देंगे क्या दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा फॉर्मूला का निर्माण भी आप लोग को बता रहे हैं धीरे धीरे अब इसका भी कर्न निकालना हो तब क्या करेंगे वही बात सेम लगाइए ये, ये L था और ये भी था बस उसमें A था तो जोड़ के 2 बाहर किए थे इसमें जो बाहर नहीं होगा तो इसमें क्या होगा डायगोनल बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट चढ़ा दीजिए इसको डी दी मान लीजिए आप डाइगोनल को ठीक है दोस्तों तो डी बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और ये सब का आपको पी भी मिल जाएगा ठीक है इन सब का आपको पी भी मिल जाएगा तो आठ बार हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ एरिया हो गया साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर जिसको हम ए स्क्वायर लिखे थे और पैरीमीटर इसका हो गया फोर गुना भुजा जिसको हम फोर ए लिखे थे और डायगोनल इसका हो गया रूट टू ए साइड स्क्वायर यानी रूट टू ए भी लिखे थे अभी हम चारों लिखे थे इसमें देखिए एलगुना बी लिखे थे एलगुना बी लिखा हुआ है इसका पैरीमीटर हो गया 2 इंटू एल प्लस बी टू इंटू एल प्लस बी ब्रैकेट बंद और इसका हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या डायगोनल, ठीक है दोस्तों अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे ठीक है तो दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे जब जब हम नई वीडियो डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग मेरी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को लाइक करें और हम में जो त्रुटी है आप उसको ज़रूर बतावें ठीक है दोस्तों ठीक है धन्यवाद शुक्रिया यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का